मैं सीधे सीधे आपको एक मुख से जोड़ता हूँ कि धीरे धीरे ही सही पंख आने लगे धीरे धीरे ही सही पंख आने लगे थोड़ा थोड़ा ही सही हम गुनगुनाने लगे धीरे धीरे ही सही पंख आने लगे थोड़ा थोड़ा ही सही हम गुनगुनाने लगे जाओ कोई जाकर उन से कहो कि जाओ कोई जाकर उनसे कहो हम भी किसी को पसंद आने लगे हम भी किसी को पसंद आने लगे